इस समय हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी श्याम जी महाराज स्वामी जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है इस समय नवरात्र का पावन पवित्र त्योहार चल रहा है और सामने विजयदशमी है इस अवसर पर आप क्षेत्रवासी भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से स्वामी जी जी इस समय जो नवरात्र का पर्व चल रहा है यह माता रानी का इस धरा पर जैसे अवतरित ही हो गई हैं और भक्त जैसे महा मा, माता रानी का पूजन पाठ कर रहे हैं उससे माँ सारे भक्तों को हमारे देशवासी हमारे क्षेत्रवासी को इसी तरह से अपना आशीर्वाद लुटाते रहें यही हम चाहते हैं और रह गई विजयदशमी विजयदशमी का पर्व भी हमारे यहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे आपके चैनल के माध्यम से लोग विजयदशमी को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और अपने सनातन को जिंदा रखें स्वामी जी आप कोई ट्रस्ट भी चलाते हैं और सुनने माता है कि आप जो गरीब हैं जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है उनकी भी आपने क्षेत्र में काफ़ी सहायता की है तो किस प्रकार के आपने जो है लोगों की सहायता की जरा उसको भी आप हमारे इस चैनल के माध्यम से बता दीजिए जी स्वामी श्याम सेवा संस्थान ट्रस्ट है हमारा जिसमें हम चाहते हैं कि गरीब असहाय बेसहारा लोगों का मदद हो जिसमें हमारे बच्चे हैं वो बराबर लगे हुए हैं जैसे हमने एक अभियान भी चालू किया है स्वामी श्याम सेवा संस्थान के माध्यम से भिखारी मुक्त जौनपुर इसमें हम भिखारियों को भी जौनपुर में भिखारी न दिखाई पड़े ऐसा एक अभियान चालू किया है जिसमें हम भिखारी को जिस योग्य है उनको हम रोजगार देते हैं वो भीख न मांगें रोजगार करें हमने यह प्रण भी रखा है कि गरीबों का मदद करें किसी को खून की भी ज़रूरत अगर पड़ती है भाई दबे ऐसा मालिक न करें माता रानी न करें किसी को आवश्यकता पड़े फिर भी अगर पड़ जाती है तो हम स्वामी श्याम सेवा संस्थान के माध्यम से किसी को खून की भी ज़रूरत अगर पड़ती है बाई दबे ऐसा मालिक न करें माता रानी न करें किसी को आवश्यकता पड़े फिर भी अगर पड़ जाती है तो हम स्वामी श्याम सेवा संस्थान के माध्यम से खून भी देते हैं और हमारे स्वामी श्याम सेवा संस्थान में गरीब कन्या की शादी भी हम करवाएंगे जैसे महाशिवरात्रि का दिन पर्व आने वाला है उसमें हम कुछ कन्याओं की शादी कराना चाहते हैं और स्वामी श्याम सेवा संस्थान के माध्यम से करवाएंगे तो ये आप देख रहे हैं ये हैं स्वामी श्याम जी महाराज क्षेत्र की जो गरीब जनता है और इन्होंने बताया कि जो भीख मांगने वाले लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है जो अपना पैसा बना लिए हैं उनको हम चिन्हित करके इनको हम रोजगार रोजगार देने का प्रयास हमारा जारी है और काफ़ी लोगों को इन्होंने रोज़गार दिया है बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी